मध्य प्रदेश में सबसे अधिक टैक्स देने वाले 10 कारोबारियों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सम्मानित किया है इस दौरान उन्होंने कहा कि जब जब आप टैक्स देते हैं तो सिर्फ वह टैक्स नहीं होता बल्कि उससे जनता की सुविधाएं विकसित की जाती हैं आपकी मेहनत और परिश्रम की वजह से प्रदेश नित्य नए विकास कर रहा है भोपाल के रविन्द्र भवन में भामाशाह सम्मान समारोह का आयोजन हुआ आयोजन में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नए पंजीयन करदाताओं के लिए वेलकम किट पुस्तिका और जीएसटी करदाताओं की समस्याओं के समाधान के लिए व्हाट्सएप आधारित चैट लोकार्पण किया उन्होंने अधिकतम कर जमा करने वाले व्यवसायियों को सम्मानित किया इस मौके पर सीएम शिवराज ने कहा जी केवल एक व्यक्ति नहीं है वह हमारे जीवन मूल्य हैं। भामाशाह जी हमारे आदर्श है की हम कमाएंगे तो अपने लिए नहीं कमाएंगे उसमें देश का समाज का और गरीबों के कल्याण का भी हिस्सा शामिल होगा आपके योगदान को प्रणाम करने का भामाशाह के नाम परम हम कर रहे हैं एक व्यक्ति का नाम नहीं है राणा प्रताप को अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए जीवन भर की कमाई उन्होंने महाराणा प्रताप को समर्पित कर दी थी चिंता मत करो फिर से फौजें कड़ी करो व्यवहार के स्वाभिमान की लड़ाई लड़ो लेकिन भाबाशाह केवल एक व्यक्ति नहीं है हामाशाह हमारे जीवन मूल्य है हमारी परंपराएं हैं हमारे उच्च आदर्श हैं कम कमाएंगे तो केवल अपने लिए नहीं कमाएंगे उसमें देश का समाज का और वो जो गरीब है उनके कल्याण का हिस्सा भी शामिल होगा शिवराज ने कहा ईमानदारी से धन कमाने में हम कोई बाधा नहीं आने देंगे और यदि कोई बाधा आए तो उसे दूर करने का हम प्रयास करेंगे आप खूब मेहनत करें धन कमाएं धन कमाना भी देश की सेवा है शिवराज ने कहा मैं सभी करदाताओं के प्रति हृदय से कृतज्ञता व्यक्त करता हूं क्योंकि आप ही राज्य का खजाना भरते हैं आप जब खजाना भरते हैं तो हम सड़के बनाते हैं पानी की सिंचाई की योजनाएं बनाते हैं हम गांव व शहरों का विकास करते हैं हम शिक्षा और स्वास्थ्य पर पैसा खर्च करते हैं उन्होंने कहा आपके टैक्स से पेयजल बिजली सिंचाई सीएम राइ स्कूल गरीब कल्याण की योजनाएं संचालित होती हैं। हृदय से अपनी कृतज्ञता प्रकट कर रहा हूं आपके प्रति क्योंकि आप हैं जो राज्य के खजाने को भरते हैं, मेहनत करते हैं, व्यापार के मामले में उद्योग के मामले में परिश्रम की पराकाष्ठा करते हैं प्रयत्नों की परिसीमा करते हैं धन कमाते हैं और फिर ईमानदारी से अपना टैक्स सरकार के खजाने में जमा करवाते हैं और आप जब खजाना भरते हैं तो हम सड़कें बनाते हैं, हम 24 घंटे बिजली देते हैं हम पानी की सिंचाई की योजनाएं बनाते हैं हम गांवों का शहरों का विकास करते हैं, हम शिक्षा और स्वास्थ्य पे पैसा खर्चा करते हैं सीएम स्कूल बनाते हैं, अस्पताल के भवन खड़े करते हैं, गरीब कल्याण की कई योजनाएं बनाते हैं, हमारी सारी गतिविधि चलती है आपकी मेहनत आपके परिश्रम और ईमानदारी से जमा किए हुए टैक्स के द्वारा